भाई एक बार मिनट। मिनट कुश्ती का समय है। तो हैं? कु राज्य गुरु जी बैठे हैं। को है सात मिनट का समय है।